हेलो जी वालेकुम क्या हाल चाल है ठीक है उमीदा सतर खरीत से होंगे तो यार सबसे पहले रमज़ान बहुत बजबारिक हो सबको तो मामा सलाम को रमज़ान बद्ध बजबारिक जो जो ये वीडियो देख रहे हैं जो नहीं देख रहे सबको तो इन श्ला आज से मैंने प्रोग्राम बनाया रमज़ान में इनशाला डेली ब्लॉगिंग का पूरे रमज़ान में अब ये तीसरा रोज़ा है और इसे ऑनवर्ड जितने भी होंगे इन हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे ओवरऑल देखेंगे क्या सुना वैसे तो इन श्ला आज से डेली व्लॉगिंग कोई खास तो नहीं होगा लेकिन फिर भी रमज़ान में जो जो कुछ होगा जो जो कुछ करेंगे आपसे शेयर जरूर करेंगे इन तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इन डेली व्लॉगिंग और यार सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना जो कि आपको बता तो अभी इन इसमें हम वीडियोज़ में कोई म्यूज़िक नहीं ऐड करेंगे जैसे कि पहले भी मैं म्यूज़िक तो नहीं ऐड करता था लेकिन बीच में, में मेरा इंट्रो था एक अपना चैनल का और कभी कभार अगर कहीं जाऊँ तो वो होता था म्यूज़िक लेकिन अब म्यूज़िक नहीं होगा रमज़ान में कोई भी रमज़ान में सिर्फ ब्लॉगिंग होगी और अपने और इस्लाम के बारे में जितना शेयर कर सकता हूँ मैं करूँगा इन कोई कमी पेशी हुई तो माफ़ करना तो सबसे पहले तो वेलकम आपका एक नियो व्लाग में और एक नए सफ़र के लिए हम आज शुरुआत करेंगे एक नए सफ़र की इन अल्लाह में बस हदायत दे दे कोशिश तो यही है तो करते हैं अल्लाह से बस गुनाह से बचें तो इन शह आज एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं तो वेलकम टू तो अव ब्लॉक वेलकम बैक अवरीबन तो अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ चुके हैं अलहमदिल्ला रोज़ा सैरी कर ली थी रोज़ा बंद कर दिया था उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी है अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ तो अच्छा रोज़ा वैसे अच्छे का बाहर काफ़ी जो है ना बारिश लगी हुई है जिसकी वजह से काफ़ी ठंडा हो गया हूँ सर्दी लगी है एक तो नाइट की उस वक्त में जो है ना रोज़ा बंद करने के बाद आराम करने लग गया था थोड़ी देर क्योंकि मैं फिर नाइट जॉब पे होता हूँ और वापस आता हूँ बाइक पर और बारिश थी जिसकी वजह से काफ़ी बंदा ठंडा हो जाता है आजकल मौसम वाकई बहुत ठंडा हो गया वापस तो इस वजह से थोड़ी देर मैंने आराम किया अभी गेम नमाज पढ़ने नमाज़ पढ़ के अभी वापस आए तो अभी आराम करने लगा अभी सोने लगा लगाऊँ फिर उठूँगा ज़ोहर की नमाज के वक्त तो वैसे कुछ मेरी रूटीन है क्योंकि साथ साथ रात को काम पे बिंदा जाता है तो इस वजह से अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है अलहमद लाहमदल्ला रमज़ान की बरकतों की वजह से चलो इतने बंदे की रूटीन बन जाती है कि बंदा नमाज़ें पढ़ता है अलहमदल्ला खुदा के करीब बंदा जाता है तो अभी नमाज पढ़ चुका हूँ अभी वापस आ चुके हैं तो अभी हम लगे हैं सोने और इंशाल्लाह जोर के वक्त उठेंगे और फिर आगे का सुनहरीयो देखेंगे तो व्लॉगिंग इन श्ला होगी डेली तो लेट्स को अभी सोते हैं फिर बाद में उठते हैं देखते हैं क्या सुनहरिया तो अभी है ज़ोहर का वक्त और अभी मैं उठाऊँ काफ़ी लेट हो गया हूं दो ढाई बज चुके हैं जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकता लेकिन अभी उठ चुका हूँ और अभी वजू की अभी हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं फिर आज बाहर तो काफ़ी बारिश है बाहर जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि बारिश में हालात टाइट हो जाते हैं लेकिन चले देखते हैं क्या करते हैं सो वेलकम बैक एवरीवन तो अभी असर की नमाज हो चुकी है असर की नमाज पढ़ चुके हैं वापस आ चुके हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था इसलिए ज़रा छत पर आ गए हैं और मौसम कुछ दिखाता हूँ आपको मुझे लगा दिख जाएगा लेकिन नहीं दिखा तो भी मौसम भी आपको दिखाते हैं तो और बकाया आज का दिन काफ़ी बुरा गुज़रा है मेरा बहुत बुरा ऐसा पिछले दो रो, दो रोज़े जो थे उनमें तो नहीं गुज़रा आज का मेरा क्योंकि मैं मुझे अच्छा नहीं लगा आज का सच्ची बात है आज का दिन मेरे हिसाब से बहुत बुरा गया जब भी दिखाते हैं आपको मौसम ये कुछ ऐसा मौसम है हमारा हाय हाय हाय हाय हाय हाय ये कुछ ऐसा मौसम इधर बच्चों कपड़े भी रखे हुए सूखने के लिए रखते हैं तो इसलिए जो है ना हम गए छत पे और आज का रोज़ा तकरीबन अखदाम पजी रुने वाला है डेली व्लॉगिंग के फर्स्ट एपिसोड है ये और ये जो साइड है ना सामने ये सारी है मरी वाली साइड ये साइड ये आपको पीछे जितनी पहाड़ियाँ देख रही है सारी मार गला की पहाड़ियाँ हैं ये अभी हम लोग हैं इस्लामाबाद में वैसे और ये सारा एरिया बारा है ये एरिया जो है ना ये ये जो पहाड़ हैं सारी ये है, सब मरी है पीछे तो यार कुछ ऐसा गुज़र है हमारा आज का रोज़ा तो इन श्ला आज पहला व्लाग हो गया आगे इनशाला कंटिन्यू हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे तो बस ऐसे ही मेरे पिछले दो रोज़े भी गुज़रे हैं बहुत बुरे जिनमें बस सोए हुए ही गुजरे मेरे तो अब इन श्लाद है वैसे आज मैंने जाना था कहीं बाहर तीन को सोया रहा हूँ कुछ मसला हो गया वो बताऊँगा नहीं कल हम जाएँगे इनशाला काम था कल उस काम के लिए जाएँगे आपको बता देंगे तो आज का ब्लाग हम इधर ही करते हैं एंड तो बकाया यार बस टारगेट है इंशाल्लाह रमजान में हमने वन के सब्सक्राइबर करने जो कि आप लोग ही करवा सकते हो उम्मीद है आप लोग इन शवा दोगे वन के सब्सक्राइबर और बस यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाना और क्या कहेंगे तो आज का ब्लॉग इधर करते हैं मिलते हैं कल अल्लाह हाफ़